वैल्युएशन से दोबारा तो रिवैल्युएशन अब हम बात करते हैं एक डेप्रीशिएबल एसेट की सच इज इन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग अब देखें होगा क्या फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्डिंग परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 500,000 और उसका हमने कहा कि होगा 20 पर है न खरीदा था फर्स्ट जनवरी दो हजार सोलह पे क्या ठीक से आवाजें आ रही हैं हवा की और हवा की आवाजें आवाज नॉर्मली आती हैं हवा की आवाजें नहीं सर मतलब रोड तो होता है ना ऐसा ज्यादा आ रही है नहीं सर अब बंद हो गए बोल रहा हूँ फिर चेक करो आ रही है नहीं अभी नहीं आ रही चलो सर कंटिन्यू करता हूँ मेरी तरफ से नहीं है सर मतलब अच्छा जी तो अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे एंड के ऊपर तो कितना होगा 500,000 मल्टीप्लाई बाय 20 परसेंट एक लाख का डेप्रीसी होगा और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 400,000, हंड्रेड थाउजेंड इज इट क्लियर जी तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई 400,000। अच्छा अकाउंटेंट कह रहा है कि मार्केट वैल्यू चल रही है चार लाख अस्सी हजार और वो चाहता है कि इसको रिवैल्यू कर लिया जाए तो so, सरप्लस कितना क्रिएट होगा 80। सरप्लस क्रिएट हो गया 80,000। अच्छा अब टैक्स टैक्स अथॉरिटी इसके डेफर जो कैलकुलेशन करती है तो वो तो टैक्स बेस के कॉन्सेप्ट तो उन्होंने कहा तो अलाउ कर रहे हैं वो डेप्रीसिएशन हम आपको अलाउ कर रहे हैं 25 परसेंट रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस तो उनके हिसाब से कॉस्ट कितनी है 500,000 और एक साल का डेप्रीसिएशन माइनस करें तुम दोनों में से किसी एक के बैकग्राउंड की आवाज है मेरा तो है आवाज़ आवाज़ क्लोज में आएंगे ना थोड़े से सन्नाटा हो आवाज मैंने तो तो तो म्यूट किया हुआ मैंने तो किया। सही है है माइक सही फिर थोड़ी बहुत आवाज़ें तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए यार ज़िंदगी में कितना होगा 25 हजार कितना वैल्यू अहमद सही है हेलो हेलो जी जी, जी जी जी सर सर माइक हो गया था तो कैरिंग कैरिंग अमाउंट ये टैक्स बेस चालीस से चार लाख अस्सी हजार रिवैल्युएशन के बाद अच्छा रिवैल्युएशन से पहले चार लाख ये में रहे। सही है सही ताकि हमें पता हो कि रिवैल की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है और रिवैल के बगैर कितना डिफरेंस आ रहा है और टैक्स बेस कितना है निकालो। निकालो। तो डिफरेंस निकालो वन जीरो फाइव ये टैक्सेबल टेम्परे डिफरेंस होगा डिडक्टेबल होगा ये सर Taxable taxable temporary temporary difference, no, temporary difference। tax tax rate 30 assume कर लिया मैंने। तो hmm. तो so, deferred liability आ गई। hmm. ये तो asset है ना? नहीं, कैसे होगा? िटी text बनती है हाँ, हाँ, देखे, देखे, देखे. करके बताओ। तो का 30%. Yes. तो ये 31.5 आ रहा है। 500. इसकी बुक करनी है सही है? बुक करनी है 31,500। इसकी करनी करनी हमें। सही तो हम हालात में क्या करते हैं को को करते हैं को करते हैं। कर देते सर ये 480 जो ये तो मार्केट वैल्यू है ना तो तो केरिंग, केरिंग तो कैरिंग कैरिंग कैरिंग वैल्यू वैल्यू मार्केट वाली यही बन जाएगी तो अच्छा, स तो में अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो टेम्प्रेरी डिफरेंस में डेप्रीसिएशन की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है एक लाख का है और यहां डेप्रिसिएशन एक लाख पच्चीस हजार का है समझ रहे हो टेम्पररी डिफरेंस को अगर मैं तोड़ दू तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं एक डेप्रिसिएशन और एक रीवैल्युएशन सरप्लस रीवैलशन सरप्लस अस्सी हजार का है और अस्सी हजार का तो चौबीस हजार हो गया और इसका हो गया तीस परसेंट ना नाइन फोर फाइव जीरो सॉरी रिपीट मुझे मुझे दोगे जस्ट अ मिनट ये क्या किया मैं कह सात हजार पाँच सौ का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो डेप्रीसिएशन की वजह से आ रहा है और चौबीस हजार का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रिवैलेशन की वजह से आ रहा है नहीं। नहीं। मैंने आइसोलेट क्यों किया है क्योंकि एंट्री में जो अफेक्ट आएगा अगर रिवेलुएशन की वजह से डेफर टैक्स डेफिट हुआ तो तो ओसीआई में जाएगा और अगर की वजह से हुआ तो तो तो वो पीएनएल पीएनएल में जाएगा डेबिट बाय इकतीस हजार पाँच सौ यह काम की चीज शेखेँ शेखेँ। कि अगर टैक्स किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम की वजह से आता है तो उसका इंपैक्ट भी पीएनएल में डेबिट होगा और अगर टैक्स इम्पैक्ट भीशन सर प्लस कितना आया था अस्सी हज़ार अस्सी हज़ार लेकिन बैलेंस शीट और ओ सी आई में रिप्रेजेंट कितना होगा फिफ्टी फिक्स और इसको कहेंगे नेट ऑफ टैक्स अब ये जहन में रखना है आगे जाके कैश फ्लो में हिट करता है जब तो आपको नेट ऑफ टैक्स बता देता है और आपको उसका ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है ये बैलेंस बैलेंस शीट शीट में जाएगा। आ, शीट में जाएगा। जाएगा, नेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में में कितना में कितना डेफर टैक्स जाएगा? का। ओसीआई और बैलेंसुएशन सरप्लस रिफ्लेक्ट होगा फिफ्टी सिक्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी सही है टैक्स लॉसेस हम तुम दोनों ने टैक्स पढ़ा हुआ है जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास टैक्स लॉसेस आते हैं तो या तो वो कैरी बैक कर लेते हैं उसको या फ्यूचर से ऑफसेट करवाते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट ईयर में लॉसेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल टेन मिलियन के और ऑर्गेनाइजेशन उसको कैरी बैक कर रही है तो नो टैक्स क्योंकि टैक्स तो फ्यूचर तो से होता है ना और हमने तो इसको पास से ऑफसेट करवाया तो हमें तो इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा कितना रिफंड मिलेगा ये डेफर टैक्स तो नहीं हुआ तो करंट बन जाएगा और हम कहेंगे टैक्स रिसीवेबल रिसीवेबल डेबिट इसको में डाल देंगे और इनकम में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट तो इसका मतलब हुआ लॉसेस को अगर तुम पास से कैरी बैक करते हो तो डेफर टैक्स रिएट नहीं होगा लेकिन अगर यही लॉसेज तुमने फ्यूचर से ऑफसेट करवाए लेकिन प्रोवाइडेड फ्यूचर में 10 मिलियन का प्रॉफिट आना चाहिए ये बात में रहे और सर उस साल का टैक्स भी ख़त्म होने के बाद या उससे पहले उस साल में तो टैक्स है ही नहीं ना करंट ईयर में तो फ़ॉरवर्ड तो तो की बात कर रहा ऑफसेट करेंगे ना और सर उस साल का तो वो पहले ना मतलब आया उसमें से आपने दस मिलियन ऑफसेट करवा दी अब आप टैक्स के ऊपर देंगे दो, दो मिलियन पे तो आप टैक्स देंगे ना हम तो रिलीफ की बात कर रहे हैं हम तो दस मिलियन का रिलीफ फाइंड आउट कर रहे हैं और तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये तीन मिलियन आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या रिकॉर्ड करें इस बेनिफिट रिकॉर्ड करें तो लॉसेज की वजह से आज जो लॉसेज आ रहे हैं इससे हमारे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेंगे कि हमारा टैक्स कम हो जाएगा तीन मिलियन से क्योंकि फ्यूचर में रिफंड तो नहीं मिलता फ्यूचर में तो ऑफसेटिंग होती है तो अगर हम लॉसेस को फॉरवर्ड पे लेके जाएंगे तो मैं तीन मिलियन का डेफर टैक्स एसेट बुक कर सकता हूँ डेफर टैक्स एसेट डेबिट तीन मिलियन से और आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा तीन मिलियन से प्रोवाइडेड डेट sufficient profit will be available in future to offset this loss बात समझ में आती है तेरे तो बता देखो अगर आज मेरे पास दस मिलियन के टैक्स लॉसेज आते हैं और मुझे पता है कि अगले साल प्रॉफिट दस मिलियन से ज्यादा आएगा तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगले साल जितना भी प्रॉफिट आएगा पहले मैं दस मिलियन ऑफसेट करवाऊंगा जब मैं 10 मिलियन ऑफसेट करवाऊंगा तो फ्यूचर में मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होगी कितने से कम होगी 10 मिलियन का 30% 3 मिलियन का तो 3 तो तो मिलियन का जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे होगा उसको आज मैं डेफर टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर दूंगा इसका मतलब यह हुआ आसान अल्फा